नमस्कार मैं अनुराग आप देख रहे हैं बेबाक बात आज मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आरिफ मिर्जा जी आरिफ जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है क्या? आरिफ जी, जी। आ, अरसा हो गया बाल सफेद हो गए पत्रकारिता का <laughs> सैतीस अड़तीस साल हो गए जी क्या बदलाव क्या लगा इन अड़तीस सालों में देखिए शुरू में जब मैंने में मुझ जैसे लोगों ने पत्रकारिता शुरू की थी सन पचासी छियासी में आ गया था मैं उससे पहले भी मैं स्वतंत्र पत्रकार के रूप में सन सतहत्तर से ही सक्रिय था तो मैं अगर इस अरसे की बात करूं तो कमिटमेंट था प्रतिबद्धता थी ईमानदारी थी इस प्रोफेशन में जो धीरे धीरे मैं समझता हूं कि ख़त्म होती चली गई और अगर मैं ये कहूं कि पत्रकारों में ईमानदारी ख़त्म हो गई या पत्रकारों ने में पत्र, प्रतिबद्धता ख़त्म हो गई तो ये शायद सहाफ़ियों के साथ पत्रकारों के साथ थोड़ा अन्याय होगा क्योंकि असल सहाफियों के साथ अन्याय होगा असल सहाफ़ियों के साथ अन्याय होगा दरअसल अखबार मालिक जो है वो एक बाजारवाद की अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं और अब सरकार का भी दबाव है निजी पार्टियों का भी उन पर दबाव होता है कुल मिलाकर जो मीडिया है जो जर्नलिज़्म है जो लोगों की जो माखन लाल चतुर्वेदी जी ने जिस तरह से एक भावना को लेकर इस नोबल प्रोफेशन को आगे बढ़ाया था वो भावना तो कहीं दिखती नहीं है और कुल मिलाकर बाजारवाद का बहुत जबरदस्त हमला है जिसमें हर मीडिया हाउस हम ये बाजारवाद वाली बात जो आरिफ मुर्जा साहब कर रहे हैं इस पर हम बाद में आएंगे पहले आपने अखबार मालिकों की बात की अब ये बताइए अखबार मालिक कौन आजकल तो चंदे धंधे करने वाले खुद को अखबार मालिक बना लेते हैं हाँ जी बहुत मैं अगर ये कहूँ ना कि इस प्रोफेशन में इस मोबाइल प्रोफेशन में काफी गिरावट आ गई है और चारित्रिक दृष्टि से भी गिरावट आ गई है और पत्रकारों का शोषण भी बड़ा है निश्चित रूप से जो कमाईयां वो लोग कर रहे हैं उस रेशो में जर्नलिस्ट की एक पत्रकार की जो अभी भी कुछ कमिटमेंट को लेकर आया है या आना चाहता है या काम करना चाहता है उसके हाथ बंधे हुए हैं तो उसके हाथ तो दरअसल कुछ लग नहीं रहा है मल्टी अगर कोई बन रहा है तो वो अखबार मालिक बन रहे हैं और उससे जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो मीडिया में उनके सपोर्टर हैं और तमाम चीजें हैं वो लोग बनते जा रहे हैं अगर आप ओवरऑल जर्नलिस्ट की बात करेंगे तो जर्नलिस्ट की तो हा, हालत कुछ ही होंगे जिनकी कुछ आ, हालत बहुत अच्छी होगी लेकिन ज़्यादातर पत्रकार हैं वो तो बेचारे बड़े कष्ट। मुझे मुझे पता नहीं आ रही भाई आपकी बात सुन के दो तीन पंक्तियां याद आई आप कहें तो मैं आपको सुना मुझे लगता है वो आपकी भी बात होगी कि जो थे दरबदर वो दीवारों के मालिक हो गए जो, थे जो वो दीवारों, जो के, दीवारों मालिक के मालिक हो गए मेरे सारे दरबान दरबारों के मालिक हो गए क्या बात बहुत जो थे वो दीवारों के के मालिक मालिक हो हो गए गए मेरे सारे दरबान दरबारों शब्द गूंगे हो गए और लफ्ज बहरे हो गए शब्द गूंगे हो गए और लफ्ज बहरे हो गए और जितने थे मुखबिर वो अखबारों के मालिक क्या बात बिल्कुल यही स्थिति है बिल्कुल यही स्थिति है और अब मतलब विडम बना ये है कि जो नई पीढ़ी जा रही है जर्नलिस्ट की जो पत्रकारों की जो नई पीढ़ी आ रही है मैं तो, इस, इस तो एकदम आप पहले लिखा, आपने अलग अलग जगह कॉलम लिखे हाँ, आपकी भी लिखा पत्रकार से ज्यादा आज भी जो पहचान वो एक कॉलमिस्ट की है मैं बताना चाहूंगा की कई सालों तक भोपाल और मध्य प्रदेश में सूरमा की फेंक अगर पड़ी गई तो उसके पीछे आरिफ मिर्जा हुआ करते थे तमाम पत्रकारों की मुसीबतें तमाम पत्रकारों की चारित्रिक विशेषताएं, उनको मिलने वाले उपहार सम्मान पत्रकारता में गिरावट सब कुछ सुरमा की फेंक में पढ़ने को मिल जाया करता था आ, तो अरे भाई मैं ये कह रहा था कि आपके दौर में क्या एकदम से मीडिया हाउस में पत्रकार आता था तो बाईलाइन स्टोरियाँ मिल जाती थी काम करने का मौका मिल जाता था कि मशक्कत करनी पड़ती थी नहीं देखिए उस जमाने में स्वतंत्रता काफ़ी थी हालाँकि मेरे दौर में जो संपादक नामक जो संस्था थी वो बहुत मजबूत थी और संपादक ऐसे होते थे कि जो खुद हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे और वो बहुत काफ़ी ठोक बजा के लोगों को रखा करते थे उनको असाइनमेंट दिया करते थे काफ़ी मेहनत होती थी उसके अंदर मैंने तो जब पत्रकारिता की शुरुआत की हम सन पचासी छियासी में तो महेश श्रीवास्तव आदरणीय जो है मेरे गुरु थे, थे हाँ उनके उनके मार्गदर्शन में मैंने पत्रकारिता सीखी और हमारे जो सिटी चीफ हुआ करते थे जगत पाठक साहब वो भी बहुत मेहनत करते थे एक स्टोरी पर मेहनत होती थी और मैनेजमेंट का हम पर कोई दबाव नहीं होता था हम सरकार के ख़िलाफ़ लिखें किसी भी अन्याय के खिलाफ लिखें किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ़ लिखें हमें फ्री हैंड होता था हमें कोई रोकने वाला नहीं होता था और काफ़ी उसके अंदर लगता था कि एक ईमानदारी के साथ हम काम कर रहे हैं और वो हम करते थे लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो पाता अब तो क्या है मैं समझता हूं कि अखबारों में एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी जाती होगी मैनेजमेंट की तरफ से कि भाई इन लोगों को नहीं छेड़ना है ये हमारे खासम खास है। दे दी जाती होगी या दे दी जाती दे है दे दी जाती है निश्चित रूप से साहब आप कुछ कर ही नहीं सकते उनका अगर वो कितनी भी बड़ी से बड़ी भी घटना अगर हो कर दें तो या तो बहुत ही अंडर प्ले करके उनको दे दिया जाएगा या फिर उसका जिक्र ही नहीं होगा घटना का अच्छा दूसरा मैं मैं ये जानना और चाह रहा था कि उस समय पत्रकार से मेहनत भी खूब कराई जाती थी खूब पढ़ने पढ़वाया जाता था लिखने से पहले उसे पढ़वाया जाता था वो ज्ञान का भंडार भले न बने लेकिन कुछ ज्ञान तो अर्जित करे ये पहली शर्त होती थी बिल्कुल होती थी और हमको जो हमारे संपादक थे हमारे जितने भी वरिष्ठ थे वो कहते थे कि देखो एक ग्लैमर के तहत मत आ जाना इस, इस जर्नलिज्म में इस पत्रकारिता में ये पवित्र पैसा है कुछ पढ़ना कुछ लिखना कुछ बुनना कुछ बुनना अगर ये करना चाहते हो तभी टिकना टिक पाओगे इसके अंदर और हम लोगों को उस जमाने में जो है पैंतीस छत्तीस साल पहले हम लोग जो आ गए थे कहा जाता था कि किसी लाइब्रेरी के मेम्बर पढ़ो बनो कुछ पढ़ो लिखो मैं तो आज की अगर पीढ़ी का देखा जाए तो अगर उनसे आप पूछें कि आपने क्या मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा है क्या आपने जो है श्रीलाल शुक्ल को पढ़ा है क्या आपने महादेवी वर्मा को पढ़ा है क्या आपने भीष्म सहानी को पढ़ा है क्या आपने जो है फिर आप गोरखपुरी पुरी का नाम आपने सुना है तो वो कहेंगे कि हम जानते ही नहीं उन्होंने हरिशंकर शंकर को नहीं पढ़ा उन्होंने शरद जोशी तक को नहीं पढ़ा होगा तो नहीं हुआ कैसे वो सीख पाएंगे अभी पिछले दिनों कुछ मैं अनुराग जी बात करूं आपसे एक कुछ दो एक जर्नलिस्ट मुझसे मिलने आ गए थे कि सर आपसे भेंट करना चाहते हैं कितना उन्होंने कहा कि आप शब्दों के जादूगर हैं और तमाम चीज़ें मैंने कहा यार देखो ऐसा कुछ नहीं है कोशिश है और शब्द भंडार तो बिखरा पड़ा है आपको तो उठाना है उसमें से तो उनको मैंने कहा मैंने क्या तुम ये बताओ कि कौन सी डिक्शनरी कंसल्ट करते हो बोले सर हम तो कोई डिक्शनरी कंसल्ट ही नहीं करते मैंने कहा तुमने फादर कामिल बुलके का नाम सुना है उन्होंने बोला नहीं सुना सर मैंने कहा हिंदी की इससे बेहतर डिक्शनरी आपको पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी बोले नहीं सर आप जो उर्दू के और हिंदुस्तानी शब्दों का प्रयोग करते हैं मैंने क्या यार उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की मुस्तफ़ा द्दा की एक बहुत अच्छी डिक्शनरी है जो उर्दू से हिंदी शब्दों को हमको बताती है ये सब फिन आपको डिक्शनरी कंसल्ट करना चाहिए आपको लोगों को पढ़ना चाहिए बड़े बड़े लेखकों को आपको पढ़ना चाहिए आपको जानना चाहिए तभी तो आपके आप अपनी आपको प्रेजेंट कर पाएंगे अपनी पेशकश को बेहतर से बेहतर बना बना पाए बना पाएंगे लेकिन दुख की बात यह है कि लोगों में पढ़ने लिखने की वृत्ति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है एक बड़ा गंभीर सवाल है नई पुल के सामने भी कि पढ़ने लिखने की जो प्रवृत्ति थी वो ना के बराबर और कुछ रही सही जो कसर थी वो गूगल गुरु ने पूरी कर दी है मुझे तो दो पंक्तियां याद आती हैं अरे भाई जी आ, क्योंकि आप कविता लिखते भी हैं इसलिए मुझे लगता है ये पंक्तियाँ आपको भी बहुत पसंद आएंगी और जो नए हमारे साथी साथी हैं वो भी कुछ सबक लेंगे कुछ ना पढ़ते लेकिन लिखते नृत्य है कुछ ना पढ़ते लेकिन लिखते नृत्य है एक बार जो दीप बन के जल उठे खुद को समझ बैठे आ जाते हैं क्या बात <laughs> जी तो कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है कि अब हम लोगों को सिखा नहीं पा रहे या वो सीखना नहीं चाह रहे क्या हो रहा है साहब कि अगर मैं ये भी कहूँ कि टेलीविज़न आ गया यह पहले रेडियो था और बाद में ये टेलीविजन का प्रभाव काफी समाज में बढ़ गया और मैं समझता हूँ कि लोगों ने इसकी वजह से पढ़ना कम कर दिया देखना और सुनना ज़्यादा अब वो पसंद करने लगे हैं और पढ़ने को तो नई पीढ़ी जो है वो बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम समझती है और इसी वजह से अभी ये जो डिजिटल पर जा रहे हैं सभी अखबार उनको मालूम है कि जो छपा हुआ जो अखबार है इसका भविष्य अब आगामी पाँच आठ साल में दस साल में ख़त्म हो जाएगा हम जैसे कुछ बूढ़े होंगे जो अखबार ये लोग उदाहरण दिया करेंगे कि घर में कभी जो है हॉकर आता था पेपर फेंक के जाता था और उसको बिल अदा किया जाता है तो ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं इसलिए डिजिटल पर जा रहा है पूरा जर्नलिज्म और वो ख़बरें आपको विस्तार से मिलने ही नहीं वाली हैं वो सब पॉइंटर में रहेंगी उनको फटाफट ये जो नई पीढ़ी है अठारह से पैंतीस चालीस साल तक की इस पर फोकस कर रहे हैं अखबार मालिकान कि हमको बस डिजीटल पर ही जाना है इसके पास समय नहीं है इस, और ये वो पीढ़ी है जो आज की ख़बर आज देखना चाहती है और वो सिर्फ हाथ से को अगर कहीं आग लगी है तो वो आग लगी भी देखना चाहती है धुआं उठता हुआ देखना चाहते हैं वो वो आज की खबर तत्काल तत्काल उनको कल का इंतजार नहीं है और वो वो पढ़ने में ज्यादा समय वेस्ट भी नहीं करना चाहते मैं अपने ही बेटे की बात करूँ जो एमबीए करके अभी अपना खुद स्टार्टअप कर रहा है उस मैं अखबार पढ़ रहा था शहर की कोई बहुत बड़ी घटना थी कहीं आग लगी थी अपना ये जो गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र है तो उसने बोला पापा आप ये आज पढ़ रहे हैं मैं तो इसको कल देख चुका तो ये फर्क हो गया साहब नहीं ये ये फर्क तो एक जो दर्शक है जो श्रोता है जो पाठक है उसमें आया है मेरा तो मूल सवाल है कि पत्रकार जो है नए पत्रकार जो नए सभी साथी आ रहे हैं उनमें कहाँ कमी रह जाती है हम उनको सिखा नहीं पा रहे या वो सीखना नहीं चाह सब है? सीखने की प्रवृति नहीं बची अब उनमें मतलब वो आके ये सोचते हैं कि हम तो सर्वोत्कृष्ट है हम सब कर सकते हैं और वो मतलब ये है कि उनमें एक उत्कंठा भी नहीं है सीखने की और धैर्य नहीं है अगर आप उनको तेज़ आवाज़ में कुछ बोल देंगे तो वो आपको पलट के जवाब दे देंगे एक दौर था कि एक पत्रकार जब आता था तो पाँच आठ साल दस साल एक संस्थान में रुकता था आज दस साल के अंदर वो तीन चार संस्थान बदल लेता है उसका ये एक वो हो गया तो भाषा के प्रति और इस सबके प्रति उसका कोई रुझान बचा नहीं है और वो कच्चे अपने ज्ञान और जो अनुभव और टूटी फूटी भाषा के साथ वो चाहते हैं कि हम जो है मुझे लगता है की जब पत्रकार खुद बहुत मजबूत नहीं होता खुद जब तक खुद जबरदस्त नहीं होता तब तक पत्रकारिता भी बहुत मजबूती से नहीं की जा सकती नहीं की जा सकती लेकिन अब आजकल क्या हो गया ऐसा आपके बहुत सारे पत्रकार तो इसलिए भी आ जाते हैं कि हम ब्लैकमेल कर लेंगे कुछ कमा लेंगे और इस तरह से और ये काम भी हो रहा है इस तरह से पत्रकारिता का जो व्यवसाय है मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत रु... ऐसे लोगों को आने की ज़रूरत है आ, आ, आ, आप वकालत देख लीजिए ना जो वकालत अगर करते हैं तो वो कम से कम एलएलबी तो होता है ग्रेजुएट तो होता है उसके बाद एलएलबी तो करता है उसके बाद उसको सनत मिलती है सनत के लिए भी उसको एग्ज़ाम देना पड़ता है यहाँ तो कौन पांचवी क्लास पत्रकार बन गया है कौन आठवीं फेल पत्रकार बन गया है तो कुछ इसकी इसकी कोई सीमा ही तय नहीं ना है न सरकारी स्तर पर है और कहीं पर स्तर पर है अरे प्रजा साहब बहुत गंभीर विषयों को उठा रहे हैं और लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं जो पत्रकारों के लिए पत्रकारिता जगत के लिए और नए पत्रकारों के लिए बहुत ज़रूरी हैं उस पर अमल करना और शायद इन बातों को हम गंभीरता से लें तो यकीनन बहुत मजबूत किस्म के पत्रकार सामने आएंगे और उससे समाज का भला भी होगा आरिफ मिर्जा साहब से बातचीत के इस दौर को हम जारी रखेंगे फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक अच्छा मस्ती और मुझसे <laughs>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 लोकप्रिय होते हैं और मीडिया जगत को लेकर लिखना आर एस जी का मुख्य शक्ल है हम जो बातचीत कर रहे थे आपने एक शब्द किया ब्लैक इसके पहले एक शब्द इस्तेमाल होता था पीत पत्रकारता सब एक एक ही कु के शब्द हैं सारे के सारे जी, जी। और लगता है इससे पत्रकारिता का नुकसान हुआ है कहीं हाँ बिल्कुल हुआ है और जो छवि पहले एक दस साल पहले तक भी जो छवि थी जर्नलिस्ट की उस छवि में अब बहुत मतलब गिरावट आई है बिल्कुल निश्चित रूप से दिख रहा है कि काफ़ी गिरावट आई है अरे भाई मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि समाज के हर क्षेत्र में गिरावट आ रही है मुझे लगता है और उससे हम भी नहीं बच पाए हम लोगों को बचना चाहिए था हम लोगों को कुछ मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वो शायद हम लोग भी नहीं कर पाए इस हमारे यहाँ भी जो गैर पत्रकार पत्रकारिता का चूल्हा ओढ़ के आ गए उनकी हाँ, भीड़ बढ़ गई है बस वो जो भीड़ बढ़ गई है और उसमें असली पत्रकारों को जो नुकसान हुआ है वो पीछे बैकग्राउंड में चले गए हैं या मतलब ये है कि वो खुद इस ज़्यादा झमेले में नहीं आना चाहते हैं और जो एक नकली जर्नलिस्ट की ज़्यादा बाढ़ आ, आ, आ गई है और वो जिस तरह से एक एग्रेसिवली और आ, लोगों को टच कर रहे हैं वो बहुत घातक है इस प्रोफेशन के लिए पत्रकारिता के लिए इस पर बहुत आ, मैं समझता हूँ कि सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए मीडिया संस्थानों को संज्ञान लेना चाहिए मीडिया और जो पत्रकारों के संगठन हैं या जो ए, एलीट जो क्लास है जर्नलिस्ट की उसको सोचना चाहिए कि इस पत्रकारिता का भविष्य क्या होगा आने वाले समय में जब इस तरह की लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी और जिसको अपन झोला छाप कहें एक ज़माने में झोला छाप पत्रकार तो बहुत और झोला लेके चलता था उसकी आ, कलम होती थी उसमें एक छोटी सी डायरी होती थी एक रेफरेंस होता था वो कुछ सोच के चलता था पैदल चलता था या साइकिल से चलता था झोला उसके उसमें टंगा रहता था आज तो झोले की तो परिभाषा ही बदल गई है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कई लोग उसके ठगी का भी शिकार हो रहे हैं नकली पत्रकारों की एक पूरी एक पीढ़ी की पीढ़ी एक जमात तैयार हो तैयार हो गई है और वो बड़ा एक बहुत घातक है एक जनरल इस के जब आप लोगों ने शुरुआत की थी आरिफ भाई पत्रकारिता में उस समय तो डिग्री और कॉलेजेस इस किस्म से होते नहीं थे कि जो आपको पत्रकारिता पढ़ाएं ये पूरा हमको जीवन में सीखना पड़ता था और उस समय भी कहते जो आज भी ये बात लागू होती है बहुत हद तक कि पत्रकार नैसर्गिक रूप से पैदा होते हैं उनमें वो गुण होता है सीखने का सुनने का, का समझने का और पढ़ने का तब वो पत्रकार बनते हैं बिल्कुल हमको तो उस जमाने में ऐसे ही लगता था हमारे साथ जो लोग थे आदरणीय महेश श्रीवास्तव जी हों या हमारे जगत पाठक साहब हों या आपके नूतन जी हों या वाजपेयी राजमा जी ये लोग हों सोमी शास्त्री हों और मतलब मदन मोहन जोशी साहब हों ध्यान सिंह तोमर राजा हो और भी ऐसे बहुत सारे लोग उसे मालिक भी है हाँ, आप बाकी लोग देखिए सबको मतलब आप ये देखिए कि राजेंद्र माथुर साहब से लेकर और तमाम जो लोग थे वो ऐसा लगता था कि ये तो खुदादार लोग हैं इनको जो है एक हुनर उप, खुदा ने ही बख्शा है नैसर्गिक रूप से और आपने और, तो इंदौर से पत्रकारिता शुरू की नहीं मैंने भोपाल से ही की पत्रकारिता शुरू और मतलब ऐसे लोग हैं जो उनको देख के लगता था की ये तो पैदा ही हुए है इस काम के लिए और उन्होंने ये साबित भी करके दिखाया और मैं समझता हूं कि भाषा जो है एक अंदर से नैसर्गिक तो होती है लेकिन उसको विकसित किया जा सकता है उसको देखने चैली डेवलप की जा सकती है, अपने जा सकती है। ठीक किया जा हाँ, सकता है तो लेकिन ये अब हो नहीं रहा है आजकल अच्छा परिणाम उल्टे आ रहे हैं जो कह रहे हैं लगातार इस दौरान कई कॉलेज खुले विश्वविद्यालय खुल गए पत्रकारिता के लगा था कि बहुत अच्छा होगा बहुत शानदार तरीके से काम होगा लेकिन चीजें हाँ गड़बड़ होती चली गई हालांकि कुछ सहयोग मिला कुछ लोग चेहरे निकल भी गए लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो संस्थानों में नहीं भी होते तब भी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट तो निकल के आते हैं और उनमें कुछ था कुछ अंदर से एक चाह थी एक तड़प थी करने की तो उन्होंने करके दिखाया लेकिन जैसा की मैंने कहा कि जर्नलिस्ट जर्नलिज्म को अगर बचाना है इसकी असलियत को अगर बचाना है इसकी अस्मिता को अगर बचाना है तो हमको कुछ एक ऐसा न्यूनतम आ, श, आ, शिक्षा एक निर्धारित करना पड़ेगी भले ही वो पत्रकारों का आ, संगठन करे या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया करे या गवर्नमेंट हो या सरकारी लेवल पे हो उसमें एक न्यूनतम योग्यता हमको तय करना होगी पत्रकार की ये पत्रकार में आपको मैं बताऊं आरिफ भाई आपकी भी जानकारी में होगा कि शासकीय तौर पे अधिमान्यताएं दी जाती हैं तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ऑटो चलाने वाले बिरयानी बेचने वाले ठेला लगाने वाले जी कई अपराधी किस्म के लोग उन तक को अधिमान हो जाती है नहीं अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही गलत है और बहुत ही दुखद है लेकिन आप तो पत्रकारों के कॉलम देखते रहे तो आपकी नज़र से क्या बचा होगा हाँ ये भी मैंने भी सुना लेकिन देखिए क्या है कि जब पत्रकारिता को आप एक प्रोफेशन मानते हैं तो प्रोफेशन तो डॉ चिकित्सकों का भी प्रोफेशन है उनके लिए भी पाँच साल की एक डिग्री होती है इंजीनियर इंजीनियरिंग भी एक प्रोफेशन है सरकार जानती है उनके लिए भी एक चार साल की डिग्री होती है वकील बनता है उसको भी एक डिग्री लेना पड़ती है एमबीए करता है कोई तो उसको भी उसको डिग्री लेना पड़ती है जब वो एक अपना काम शुरू कर सकता है तो जर्नलिज्म में क्यों नहीं न्यूनतम एक योग्यता निर्धारित की जाती है बहुत आवश्यक हो गया ये नहीं तो ये जो है जो बाढ़ आ रही है नकली और हाँ तो वो बुराई जो है जो है अच्छाई को खा जाएगी सब खत्म कर देगी और ये हो भी रहा है जर्नलिज्म तो अब मैं कहूँ की तो जा रहा है कमिटमेंट तो खत्म ही हो गया अब कहां बात होती है अच्छा सब आप नए पत्रकारों में जाते हैं सब आ, तो क्या लगता है आपसे खाली वो बाईलाइन स्टोरी और नाम आ जाए और सिर्फ ग्लैमर के कारण लोग रह गए हाँ वो ज्यादा उनमें भावना यही है कि वो एक मतलब अपना अपने नाम के लिए और उसके लिए ज्यादा उनका आग्रह रहता है ताकि उनका नाम चले और पहले ये होता था कि आदमी जिस संस्थान में काम करता था पहले संस्थान बड़ा होगा तो हम अपने यहाँ बड़े हो जाएंगे ये भावना रहती थी ये भावना रहती हम किस संपादक के साथ काम कर रहे हैं कौन हमारे सीनियर है ये बड़ा जज करते थे पहले हाँ और कभी भी अपनी खबरों के साथ भले ही वो एक, एक्सक्लूसिव खबर हो हम जानते थे कि हमारी खबर एक्सक्लूसिव है लेकिन हमने कभी अपने हाथ से अपनी बाईलाइन उस खबर पर नहीं लिखी जो हमारे सीनियर होते थे जो हमारे संपादक होते थे जो हमारी खबरों को देखते थे वो ही तय करते थे और वो अगर योग्य समझते थे कि ये खबर बाईलाइन के लायक है तो वो हमें बाईलाइन देते थे आरिफ जी आपने बहुत सारे मीडिया संस्थानों में काम किया कौन से ऐसे संस्थान जहां वाकई दिल से काम किया और जो लिखा वो छपा और जहां काम करने में मज़ा आया देखिए मैंने दैनिक भास्कर से शुरुआत करी थी अस्सी के दशक में और काफ़ी स्वतंत्रता थी काफ़ी एक्सपोजर दिया जाता था और लेकिन काफ़ी ठोक बजा के और बहुत ही तथ्यात्मक खबर अगर होती थी तो उसमें बाईलाइन मिलती थी वो करने का मौका मिलता था और दैनिक नई दुनिया में मैंने मदन मोहन जोशी साहब के साथ भी काम किया उसमें राजेश बादल भी थे थे हमारे साथ आ, मुकेश कुमार साहब थे और देवप्रिया अवस्थी जी थे पटेरिया जी भी थे तो हाँ पटेरिया जी बाद में आ गए थे और देवप्रिया अवस्थी जी हमारे पास थे और सर पाठक साहब थे चंदा बार्गल जी थे ऐसे बड़े अच्छे लोग वहाँ हमारे उनके साथ मैंने काम किया बड़ा अच्छा लगता था सिद्धार्थ खरे साहब थे बहुत अच्छा माहौल था और लेकिन अब ऐसे लोग कहा बच्चे हैं मिलते ही नहीं हैं अब जो कुछ है वो जो है आपके सामने आप देख रहे हैं क्या स्थिति बन रही है पत्रकारिता की लास्ट आप जो बहुत लोकप्रिय कॉलम लिखा आपने प्रदेश टुडे में जी सूरमा की फेंक और हाँ। मीडिया मिर्ची जी बड़ी लंबी पारी चली हुई हाँ करीब करीब मैंने दस साल वहाँ पर इस कॉलम को लिखा और अभी भी मैं सुरमा के बतौले लिख रहा हूँ अग्निबाण जी तो क्या एक नॉर्मल खबरदारी जब करते हैं आपने टेलीविजन में भी काम किया अखबार में भी लगातार आप देख रहे हैं नॉर्मल लिखने में और कॉलम लिखने में लोगों को लगता है कॉलम में इस कॉलम लिख दिया और बात पूरी हो गई लेकिन मुझे लगता है ख़बर लिखने से ज़्यादा ताकत कॉलम लिखने में लगा देखिए कॉलम कौल। मेरा जो कॉलम है उसका जो डायलेक्ट है वो है एक भोपाली डायलेक्ट है भोपाली जो जुबान है उस डायलैक्ट में हम उसको लिखते हैं और कई बार बहुत छोटी सी चीज़ को बहुत दिलचस्प अंदाज में पेश करते हैं आपका लिखा कोई पढ़े पढ़ने को मजबूर हो जाए ये बहुत अहम होता है तो वो एक सोच के हमको कोशिश होती है कि हम एक सामान्य चीज़ भी अगर लिख रहे हैं तो उसको बहुत रोचक अंदाज़ में लिखें और इस अंदाज में लिखें कि पहली लाइन से लेकर आखिरी पंक्ति पंक्ति तक आदमी एक सांस में उसको पढ़ जाए ये प्रयास हमारा रहता है अब तीन चार दशक हो गए सुबह जब अखबार उठाते हैं तो कहीं लगता है कि कहीं कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं जो खबर छपना चाहिए थी मुख्य खबर के रूप में वो वहाँ नहीं है जो नहीं छपना चाहिए थी वो प्रमुखता पा गई ऐसा होता है हर अखबार को पढ़ के समझ में आ जाता है ऐसा कि ये किसके सामने कटोरा लेके खड़े खबरें पढ़ के समझ में आ जाता है ऐसा और ऐसा पहले मेरे ज़माने में ऐसा नहीं होता था बहुत कमिटमेंट के साथ खबरें छपती थी उनका चयन होता था और कभी किसी के सामने झुकने झुकाने का कार्यक्रम था ही नहीं और अब तो ये स्थिति है कि मीडिया हाउसेस के अंदर अगर आप देखें तो पत्रकार जो है वो तीसरे नंबर पर आ गया सबसे अजीज उनके होते हैं मार्केटिंग के लोग उसके बाद फिर एचआर डिपार्टमेंट आता है फिर तीसरा नंबर पत्रकारों का होता है और एक एक बदलाव और आया कि जो एक संपादक नाम की संस्था थी वो मैनेजर में तब्दील हो अब वो मैनेजर में तब्दील हो गई अब मैनेजर में तब्दील हो गई है या फिर सेंट्रल डेस्क के जो लोग होते थे या फिर आज जो पोलिटिकल देख रहे हैं आप भी देख रहे हैं कि जो जितना बड़ा लाइजनिंग ऑफिसर है वो उतना ही बड़ा जर्नलिस्ट है उतना ही सीनियर है वो उसके उतने ही जलवे हैं उतना ही उसको उतनी सैलरी है उसकी और तमाम सुविधाएं वो उठाता है तो जर्नलिस्ट की अब परिभाषा ये हो गई है तो इतना एक बदलाव आ गया है तो उसको क्या कीजिएगा आप अच्छा तमाम नए पत्रकार जो आना चाहते हैं इस फील्ड में या नए विद्यार्थी हैं जो पत्रकारिता पढ़ के अपना एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि एक तो बहुत लिखने पढ़ने की प्रवृत्ति उनमें होना चाहिए ताकि वो वो प्रेजेंटेबल वो हो और अपने व्यक्तित्व को तभी वो उभार सकते हैं जब उनके दिल में कुछ कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट जिंदा हो अभी भी उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं जल रही है ऐसा नहीं है और जो दौर चल रहा है उसके साथ भी उनको चलना तो पड़ेगा टेक्निक तकनीकी रूप से बहुत दक्ष होने की आवश्यकता है आज वो एक ज़माने गए जो हमारे पास सिर्फ कलम होती थी और कागज़ उठाते थे न्यूज़ प्रिंट और लिख दिया करते थे अब आजकल तो पत्रकार को ले भी बनाते आना चाहिए और पूरा उसको कंप्यूटर पर काम करते आना चाहिए ये सब चीज़ें हैं तो वो भाषा के साथ ही तकनीकी रूप से भी दक्ष हों और उनमें कहीं ना कहीं भावना हो कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं इस माशरे के लिए कुछ कर सकूं और ईमानदारी के साथ कर सकूँ तो बहुत अच्छी बात हो सकती है उनके लिए आप सुन रहे थे आरफ मिर्जा साहब को जो नए पत्रकारों को तो सीख दे ही रहे थे लेकिन थोड़ा सा तनाव थोड़ी सी चिंता है पत्रकारिता के गिरते स्तर को लेकर लेकिन जब तक आरिफ मिर्जा जैसे लोग हैं मुझे लगता है कि लेखन का काम बदस्तूर जारी रहेगा और शानदार तरीके से पुराने लोग नए लोगों का मार्गदर्शन करेंगे और ज़्यादा नहीं अपने जैसे दो चार लोग समाज को देखे जाएंगे पत्रकारिता को लेकर आरिफ मिर्जा साहब की पीड़ा को आपने समझने की कोशिश की होगी पत्रकारिता के गिरते स्तर से आरिफ मिर्जा जी और इस तरह के जितने भी पत्रकार हैं वो सारे के सारे चिंतित हैं लेकिन नई पीढ़ी से तमाम सारी उम्मीदें भी हैं आशा के दीप बुझे नहीं हैं और जब तक आरिफ मिर्जा जैसे लोग हैं नए लोगों का नए साफियों का वो मार्गदर्शन करते रहेंगे और एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही कि बुरा दौर है लेकिन इसमें भी उम्मीद रखना चाहिए ताकि कल अच्छा हो सके आरिफ जी आप स्टूडियो में आए आपका बहुत बहुत आभार और दखन न्यूज़ में आज इतना ही नमस्कार